हेलो फ्रेंड्स यूडीएम के प्रोसेस में आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को यूडीएम पे गेट पास कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी दूंगा और बिना किसी देरी के हम लोग सीधे टॉपिक पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जैसा कि ये स्क्रीन दिख रहा है हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है और यू आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए लॉगिन करने के बाद आप गेट पास के ऑप्शन पे जाइए देखिए गेट पास है गेट पास हम लोग गेट पास के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गेट पास के ऑप्शन पे क्लिक करने करके तीन ऑप्शन खुलते हैं गेट पास टू द कॉन्टेक्टर गेट पास टू द यूजर डिपार्टमेंट आर कंसाइनी गेट पास टू डिपो, इन तीनों का मतलब बता दें कब कब यूज करना ये जानना बहुत ज़रूरी है अन्यथा हम गेट पास गलत तरीके से गलत आदमी को इशू कर सकते हैं और एक बार इसमें जो गलती हो जाती है उसको करेक्शन करना बहुत ही टिपिकल है करेक्शन हो नहीं पाता तो यदि कोई मटेरियल हम लोग कॉन्ट्रेक्टर को इशू किए हैं तो हम लोग कॉन्ट्रेक्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे यदि हम लोग किसी यूजर डिपो ऑनलाइन यूजर डिपो या किसी कंसाइनिक हो इस मटेरियल तो हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यदि स्टोर डिपो हो इटमीन्स यदि हम लोग क्या बोलते हैं जैसे एन के लिए जी झांसी काम करता है हम लोग का जो स्टॉक आइटम का जो डिपो है उसके लिए गेट पास स्टोर डिपार्टमेंट में जो भेजते हैं वो यहाँ से बनता है तो उदाहरण के लिए मैं आपके जैसे यूजर डिपो वाले का बनाता हूँ क्योंकि किसी को बनाने के लिए ट्रांजेक्शन का होना बहुत जरूरी है तो मैं आपको एग्जांपल के साथ जैसे यूजर डिपो में क्लिक कर दिया उसके बाद जिस रेलवे के साथ आप करना चाह रहे हैं वॉसलट के लिए तो मैं एन के साथ ही करूँगा कंसाइनी पूछा किस कंसाइनी के साथ करना है सपोज करिए तो मैं अपना ही ले करता हूँ कर लेते हैं सब डिपो में भी ठीक है उसके बाद जैसे ही हम जाएंगे सर्च वाउच सर्च वाउचर को हमने क्लिक किया नीचे ऑप्शन आएगा जो भी हमने मटेरियल आज तक इशू किया होगा अपने पीछे स्टाफ उसका नीचे बायोडाटा आता इस तरीके से अब इस तरीके से कई ऑप्शन आ गया तो आदमी ये कन्फ्यूज हो सकता है बोले यार इतना क्या तो इसमें से जिस जिसको गेट पास इशू करना है उसको उसको सेलेक्ट करना होगा सपोज के जैसे पहला ये सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए एक आइटम हमने सेलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे आएंगे जनरेट गेट पास गेट पास जनरेट होगा इसका ठीक है ये देखिए घूम रहा है गेट पास जनरेट हो जाएगा थोड़ी देर में गेट पास जनरेट होने में कई डिटेल्स मांगता जैसे भी ये देखिए मांग मांगिए ना मैं तो आपको बता देता हूं बट मैं तो जनरेट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसका हम लोग जनरेट कर चुके हैं फॉर एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं अब गेट पास इश्यू करते समय सबसे पहले ये तो फिक्सड कंटेंट है हमने ये इनको इशू किया था तो उनका नाम भी ऑटोमेटिकली आएगा यदि आप जिसको मटेरियल इशू किया जाएगा रेलवे मटेरियल एक लॉट रिजेक्टेड आइटम है आप यहाँ पे कर सकते हैं, करते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ पैकेज आप भर दीजिए नंबर ऑफ पैकेज जो भी हो गाड़ी का नंबर जिस गाड़ी से जाना है, या लॉरी का नंबर यहाँ भरना पड़ेगा कंपलसरी ड्राइवर का नाम भरना पड़ेगा कंपलसरी उस तरह उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आपको भरना पड़ेगा रेलवे नॉन रेलवे सिलेक्ट कर लीजिए रेलवे बॉडी को इशू कर रहे तो रेलवे नॉन रेलवे बॉडी को इश्यू कर रहे तो नॉन रेलवे सेलेक्ट करके कर कर जैसे कॉन्ट्रेक्टर को है तो कॉन्ट्रेक्टर के लिए हो तो उसकी कंपनी का नाम लिख दिया जाएगा यहाँ पे तो इस तरीके से और जो ऑर्गेनाइजेशन को जिसको उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको उसकी डिजिंगशन यहाँ पे इंटर करनी पड़ेगी मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे उसका आइडेंटिटी कार्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो भी है उसका नंबर डालिए उसके बाद ये स्टेयर वेट उसका वेट जो भी है बाय डिफॉल्ट आ जाएगा इस पे जितना होगा उतना वेट डाल दीजिए और रिमार्क लिखिए किसके लिए हो रहा है उसके बाद हम लोग जनरेट गेट पास पे क्लिक कर देंगे जैसे जनरेट गेट पास पे क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा जैसे सपोज उसके लाड़ी का नील कर दिया ड्राइवर नेम नील कर दिया है एन सी आर को ही दे रहे हैं नेम जैसे के आप ऐसे करें तो हो जाएगा कि ऑलरेडी इशू कर रखा हूँ इसलिए तो या तो प्रिंट आउट निकाल के साइन करिए या आप डिजिटल साइन कर सकते हैं यदि आपने डिजिटल साइन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम लोग गेट पास इशू कर सकते हैं मैं पैक कर रहा हूं। इसी तरीके से गेट पास कॉन्ट्रेक्टर को इशू करते हैं कॉन्ट्रेक्टर का जो भी मान लीजिए करना है तो लिए। सर्च करिए में यदि आपको कुछ आता है तो उसको सेलेक्ट करिए क्लिक करके और सेम कंटेंट जैसे आपने इसमें भरा था वैसे ही भर के उसको इशू उसी तरह से स्टोर डीपो के लिए है स्टोर डीपो जो आपका है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा जिस जिस भी रेलवे का सपोज करी लगता है मैं दूसरे तो सेंट्रल तो रेलवे करेंगे सेंट्रल रेलवे का यदि आपने कभी इशू किया आ जाता क्योंकि हमने अपना इशू कर रखा है इसलिए हमारा दिखा दे रहा तो मैं अपना कर सेंट्रल रेलवे हिस्ट्री सर्च बाउचर मार सकते हैं यदि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड तो अपने आप आ जाएगा नहीं किए हैं तो नहीं आएगा और मान लीजिए इसको मैं चेंज कर दूं 2021 कर देता हूं तो करना मारता हूं देखिए पक्का ये देखिए डेढ़ सारे यहाँ इसमें से जिसको उसको सेलेक्ट करेंगे उसका सच पास जनरेट हो जाएगा जनरेट कर सके कर सकते हैं इस तरीके से बड़े आसानी से ही यूडीएम पे आप गेट पास जनरेट कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के तो मैं समझता हूँ कि जरूरी आपको गेट पास करने में हेल्प करेगा थैंक यू